अगर ब्रह्मचर्य ने कभी भी आपको नीचे गिराया देन कमेंट करके मुझे गालियाँ दो डेफिनेटली यार ब्रह्मचर्य आपको क्यों करना चाहिए मेरे भाई आज मैं बताऊँगा कि आपको ब्रह्मचर्य क्यों करना चाहिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लाइफ के लिए ब्रह्मचर्य इस दुनिया में कौन नहीं चाहता कि आप वो इंसान की एज या फिर वो इंसान सौ साल से पहले ना मरे कौन नहीं चाहता कि वो इंसान हमेशा बलवान रहे और कौन इंसान नहीं चाहता कि वो इंसान हमेशा एक युवा युवावस्था की तरह जीवन जिए जी अपना युवा रहे मीन्स बुढ़ापा कौन चाहता है इस दुनिया में कोई नहीं चाहता कि वो जल्दी बूढ़ा हो जाए और आजकल के बच्चे आजकल के युवा बहुत जल्दी ब्रह्मचर्य को तोड़ देते हैं और ब्रह्मचर्य तोड़ने के बाद उनमें ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जा रही है आजकल सो so, ब्रह्मचर्य इतना ज़रूरी है आपके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप ईजीली अपना जीवन 100 साल तक जीना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य करना चाहिए दोस्त ब्रह्मचर्य करने से आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे सबसे बड़ी चीज़ है दोस्त जो लोग नशा करते हैं जो लोग दारू पीते हैं जो लोग गंदे गंदे काम करते हैं लेकिन वो लोग लो अपना वीरनाश नहीं करते मेरे भाई मान लिया नहीं करते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी दोस्त वो लोग बूढ़े जल्दी नहीं होंगे जितने जल्दी बूढ़े आप हो जाएंगे मेरे भाई समझ रहे हैं इसलिए अगर आप अपना वीर नाश करते हैं समय से पहले तो समय से पहले अगर आपने वीर नाश कर दिया देन डेफिनेटली बाद में जल्दी से जल्दी बूढ़ा हो जाएंगे एंड जब आपकी शादी होगी देन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा इसलिए आपको मिनिमम एज 25 तक डेफिनेटली 25 तक ये एज है इस एज में अपने आप बनाने में लगे रहा मेरे भाई जितना काम कर सकते हो अपनी लाइफ में अपनी बॉडी में हर रोज़ प्रैक्टिस करो और रोज़ एक्सरसाइज करो जो ये वीर है आपकी बॉडी में लगेगा एंड आपको हमेशा पावरफुल बनाते रहेगा बस पावरफुल बनाने के साथ साथ आपकी जो फेस में ग्लो होगा और जिससे भी आप बात करना चाहेंगे आप बात करेंगे बिल्कुल खुल के मेरे भाई इन्जॉय के साथ एंड आप में कोई नेगेटिविटी या फिर कोई भी दुख नहीं होगा मेरे भाई समझो कितनी बड़ी चीज़ है और आप एंजॉय के साथ जो काम करेंगे उसमें हमेशा आगे निकलेंगे ये बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं जो कि आपको ब्रह्मचर्य करने के बाद डेफिनेटली मिलने को देखने को मिलने वाले हैं इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ब्रह्मचर्य मेरे भाई और वीर रक्षा करनी चाहिए आपको डेफिनेटली और आपके बहुत सारे दोस्त लोग मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि यार मैंने तो आज अपना वीर नाज कर दिया ये कर दिया वो कर दिया दोस्त अपना मैंने हाथ क्रिया कर दिया तो हस्त मैथुन कर दिया मैंने बहुत मज़ा आया मेरे को यार मैं तो रोज़ ही करता हूँ ये करता हूँ पर इनकी ओर ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे भाई वो लोग ये बोल के केवल और केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपको इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत क्यों नहीं है क्योंकि अगर आप इनकी तरफ़ ध्यान देंगे तो डेफ़िनेटली आप खुद का भी वीजा कर देंगे और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि इंसान कभी भी वो जो बुरे काम होते हैं जो कि गलत काम होते हैं उनको बहुत जल्दी सीखता है लेकिन जो अच्छे काम होते हैं उनको सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंसान को तो समझो कि जो अच्छी बातें हैं जो हम बता रहे हैं आपको वो सीखो बस उसके अलावा सीखने की आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई और बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ज्ञान देंगे कि आपको वेरानस कर देना चाहिए क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी ये नहीं होगा वो नहीं होगा कितने सारे हजारों एग्ज़ाम्पल देंगे बट वो लोग अपना बहुत सारे दोस्त लोग बिजनेस कर रहे हैं यार डॉक्टर्स यू you नो know, डॉक्टर्स इस बिजनेस के कारण लाखों रुपए कमा रहे हैं लाखों कि डॉक्टर साहब मुझे सेक्स प्रॉब्लम हो गई है प्लीज़ इसका निवारण कर दीजिए प्लीज तो डॉक्टर कहेगा कि कोई बात नहीं दोस्त मेरे से दवाई ले दूँ और दवाई लेके अपना क्या करेगा दवाई भेजेगा एंड आपको जम के दवाइयाँ भेजेगा और उससे ही उसका बिजनेस चल रहा है मेरे भाई सेक्सोलॉजिस्ट ये वो ये डॉक्टर्स केवल और केवल दोस्त आपको सिखाएंगे कि यार करो जम के करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बट जब आप इसको करने के बाद कमज़ोर हो जाते हैं दिन ये लोग खुद कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा वीरनाश कर दिया है पहले ये लोग कहेंगे आपसे कि आपको कभी कभी करना चाहिए कम कम करना चाहिए बट जब आप कम कम करते हैं वनाश और वो ज़्यादा कब करने लग जाते आपको खुद पता नहीं लगता है और रोज़ करने लगे चाहते हैं दोस्त ये आपकी आदत और लत बन जाती है और लत बनने के बाद आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड और बाद में आपकी ये कमज़ोरी बन जाती है और कमज़ोरी बनने के बाद आपको ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती हैं और शादी के बाद आपको प्रॉब्लम होती हैं इसलिए अगर आपको ब्रह्मचर्य करना है तो डेफ़िनेटली आपको रोज़ इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है और रोज़ करो मेरे भाई बिना डरे करो बस हमेशा डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई ब्रह्मचर्य आपको केवल और केवल ऊपर उठाएगा और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको कि अगर ब्रह्मचर्य ने कभी भी आपको नीचे गिराया देन कमेंट करके मुझे गालियां दो डेफिनेटली यार फर्क नहीं पड़ता मुझे बट प्लीज़ मुझे गाली दो अगर आपने ब्रह्मचर्य ने आपको कभी भी नीचे गिराया देन जो आपका वीर अगर इसने आपको कभी भी नीचे गिराया देन डेफिनेटली आपको मुझे गाली देनी चाहिए कि भाई तूने मेरे को गलत बात सिखाई है ब्रह्मचर्य करने के लिए कहने के लिए सो ये बात है कि दोस्त सो ध्यान रखो इस चीज़ का और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ अपना नाउ इन्जॉय